यारो आज मैं आपको एक टिप देता हूं अगर आपको अपने दिन का स्टार्टअप को करना है हिट, तो आप चाय के साथ जरूर खाना बिस्किट वैसे वैसे हमारी कंट्री में बिस्किट के दो फेमस ब्रांड्स हैं मारी और पार्ले जी यस एक कप में जाते नहीं तो दूसरी कप से बाहर आती नहीं ये तो हो गई मजा की बात और क्या आपको पता है की मोस्ट ऑफ द बिस्कुट कंपनी अपने कस्टमर को बिल्कुल प्रो लेवल वाला बिफकू बना रही है देखो आपने अलग अलग बिस्किट के टाइप के बारे में सुना होगा सुगर फ्री बिस्किट मिल्क बिस्किट डाइट फ्री बिस्किट वगैरा वगैरह मगर यारो ये बड़े बड़े कंपनी शब्दों के साथ खिलकर आपको उल्लूबा फॉर एक्साम्पल अगर हम ब्रिटेनिया के न्यूट्री चॉइस के नो शुगर वाले बिस्किट के इंग्रेडियंट्स को देखें, तो ये नो शुगर करती है जो कि बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती और अगर इस बात भी लिखते हैं कि ये बच्चों के लिए है, लेकिन एकदम छोटे-छोटे लेटर्स में ताकि हमें ही क्या वो किसी डिटेक्टिव को भी न दिखे वैसे अगर आप और भी बिस्कुट के इंग्रेडियंट्स को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा की ओरियो के पाँच पीसे बिस्किट में अड़तीस ग्राम चीनी होता है गुड्डे ग्राम के बिस्कुट में बाईस ग्राम चीनी है और साथ ही सबका जाना माना पार्लेजी में 25 परसेंट चीनी का यूज किया जाता है किससे ले इनको लेने से पहले एक बार इनके इंग्रेडिएंट्स को जरूर देख लिया करो येरो अगर मैं आपसे पूछू की एक के आयरन और एक के कॉटन में सबसे ज्यादा भारी कौन होगा तो मुझे पता है आप में से बहुत से लोग एक्साइटेड होकर ऐसा मैं आयरन ही बोल देंगे और बोलो भी क्यों नहीं भाई आयरन और कॉटन सुनते ही हमारे माइंड में आयरन है, है ऐसा फील आता है जैसे कमाल स्ट्रेटेजी का यूज करके मोस्ट ऑफ द कंपनी आपको फुल बना देती है अब इसके तौर आरोप शैम्पू के सबसे पॉपुलर ब्रांड क्लिनिक प्लस को ही ले लेते हैं ये क्लिनिक प्लस के एक वाले पोच में सिक्स पॉइंट फाइव होता है और इस सब ऐसी के छह सौ का प्राइस सौ रूपए होता है इसके 650 सौ पचास बोतल को लेते हैं तो वो हमें चार सौ का पड़ता है 15 नहीं, नहीं होता बट यही सच है भाई मजे की बात तो ये है की कैलकुलेशन के हिसाब से क्लिनिक प्रेस के सिर्फ बोतल हमें तीन सौ की पड़ती है जिसे कबाड़ी वाले भैया सिर्फ दो रूपये में ले जाते हैं अब अगर आपने कभी इंडेसी देशी जींस या फिर कोई भी जींस को पहना होगा तो फिर आपको इस इमेज को जरूर देखना चाहिए अक्सर फैशन के नाम पर हम पार्टी में तो जींस पहनते ही हैं, बट हमें बहुत पहनते हैं अब जब आप जींस पहनते हो स्टैंडिंग तो पोजिशन में तो ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है बट जब आप इन्हीं जींस को पहन बैठते या मूव करते हो तो वो डायरेक्टली आपके लेग में प्रेजेंट मसल्स एंड नर्व को ड है और आप स्किन पैंसोम के बारे में जानते हो अक्सर ये तब होता है जब आप स्किन जींस के साथ टाइट बेल्ट लगाते हो तो यारो अगर आप इन ऐसी बचना चाहते हो तो फिर आपको जींस को सिर्फ इम्पोर्टेंट ओकेजन में पहनना चाहिए और हो सके तो आप कॉटन जींस को भी ट्राई कर सकते हो वो नॉर्मल जींस के मुकाबले कम टाइट होते हैं उससे आपको कम्फर्टेबल भी फील होगा और आपके स्टाइल भी बरकरार है आप कार्स के सीट बेल्ट को तो आपने देखा ही होगा वैसे प्लेन्स में भी सीट बेल्ट होते हैं लेकिन वो कार वाले से थोड़े अलग होते हैं जानते हो क्यों? अच्छा देखो प्लेन में जो सीट बेल्ट होता है ना वो आपके पेट में लगा होता है जिससे जब टर्बुलेंस होता है तब प्लेन के ऊपर नीचे वर्टिकल मूवमेंट ऐसी वो बेल्ट आपको बचाता है वही कार में एक्सीडेंट्स के समय कार सिर्फ आगे पीछे वर्टिकल ही नहीं बल्कि लेफ्ट राइट हॉरीजॉन्टली भी मूव करती है जिसे बचाने के लिए कमर के साथ ये बेल्ट आपके चेस्ट को भी कवर करता है बहुत लोग ये मिथ मानते हैं प्लेन्स के सीट बेल्ट को लगाने ऐसी ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है और बाई द वे अगर प्लेन का एक्सीडेंट हो जाए तो ये सीट बेल्ट जैम हो और उनको अटकाए रखता है लेकिन यार झूठे मीट ऐसी बची के रहना और प्लेन के जर्नी के दौरान अपने सीट बेल्ट को जरूर लगाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन की जर्नी के सीट बेल्ट लगाना मत भूलना ये काफी जरूरी है यारचपन हम सभी बचपन से एबीसीडी सीखते हैं लेकिन क्या आप बता सकते हो कि हम ए को दो तरीकों से क्यों लिखते हैं स्मार्टफोन कंप्यूटर, बुक्स में हम ऐसे को देखते आ रहे हैं लेकिन टीचर से हम ऐसे सीखते आ रहे हैं ये एक डबल रोल का क्या झोल है भाई तो दरअसल को ग्रीक के बुल्स हेड के सिम्बल के मोडिफिकेशन के बाद बनाया गया था और अगर मैं रियल ए के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो ये स्मार्टफोन एंड कम्प्यूटर वाला ही होता है लेकिन ये कम्प्यूटर वाले लिखने में ज्यादा टाइम देता है और इसी टाइम को बचाने के लिए हम रनिंग हैंड में इस छोटे वाले ए को लिखते हैं इस इमेज में आप ए की पूरे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख सकते हो आप देख सकते हो कि कैसे राइट वाला रियल है कैसे आपके छोटे वाले में बदल चुका है येरो आज तक आपने बहुत बार लिपाई पोताई वाला काम देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी इन पेड़ों की लिपाई पर आरोप गौर किया है, है? अनलाइक घरों की सजावट की तरह ये पेड़ों की सजावट के लिए यूज नहीं किया जाता है बल्कि इनके एक नहीं अनेक पर्पसेस हैं। पहली बात तो इनका ये रेड एंड व्हाइट कलर ये बताता है की पेड़ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन में है और दूसरी ये इनको रात में विजिबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है क्यूँकी देर अंधेरी रात में व्हाइट कलर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इसलिए आपने रोड आरोप भी व्हाइट पट्टों को देखा होगा बट इस आधे पेड़ का भी एक स्पेशल पर्पज है की अक्सर पेड़ों को खराब करने वाले पेस्ट एंड टर्माइस तो नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं